छोरी ऐसी पटाएंगे जो 315 कट्टा चलाती हो एक्टिवा वाली पर तो दुनिया मरती है और कौन इन पापा की परियों के नखरे झेले जो बिना पंखे हवा में उड़ती हैं?